अगला मजबूरी आसूरी नूरी खैर बने जावा मैं मजूरी आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मसरायास जाए मामा क्यों दिल छू रा We made it through. Let it go.